छतरपुर में भी स्वतंत्रता दिवस आन बान और शान के साथ मनाया गया जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने तिरंगा झंडा फहराकर परेड की सलामी ली इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया छतरपुर में प्रदेश सरकार में मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने तिरंगा झंडा फहराया उन्होंने परेड की सलामी ली और तिरंगे के रंग के गुब्बारे को आसमान में छोड़ा बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया गया समारोह में लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा था इस मौके पर ओम प्रकाश सकलेचा ने सीएम शिवराज के भाषण का अभिवादन किया और फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बंदियों को शॉल श्रीफल देकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई देकर उनका सम्मान किया